छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट अल्ट्राटेक बैकव सीमेंट वर्क्स द्वारा स्व जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है यह आयोजन 20 से 25 फरवरी तक किया गया है इसमें संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिविंग वैल्यूज को लेकर 20 फरवरी को नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया नुक्कड़ नाटक में रामायण के प्रसंगों को संस्था के कर्मचारियों ने विभिन्न वेशभूषा में जीवंत किया जिसे देख कर, लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई इन प्रसंगों के जरिए से संस्था के कर्मचारियों ने लोगों को स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया संस्था के इस आयोजन को लोगों द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है यही नहीं इस नुक्कड़ नाटक की चर्चा पूरे तिलदा क्षेत्र में हो रही है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को क्लिक करके हमारी